गेमे भी, तो दे भी है क्या मजा आता है देखने में शॉर्ट यहाँ पे और सीधा यहाँ पे है और ये बंदा कितने भी हेड मार सकता है तो लग रहा तो है मेरे को अरे भाई खुद देखते हैं भाई ओह पर ये ये बोल कैसे है ये पीछे प्लेयर भाई ये क्या था यार चार सी गिनो जी ओ ओ भाई हैकर ये क्या है भाई ये तो भाई